साथियों आज एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो ना केवल हेज में लगाए जाने वाला सुंदर प्लांट है बल्कि यह विशेष औषधीय गुण भी रखता है इसको हम डेविल्स बैकबोन के नाम से जानते हैं नाग दोन आपने इसको जरूर सुना होगा इसके ओबलोंग लीव्स हैं और कटिंग के माध्यम से इसका प्रोपिगेशन किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट है वैसे ही लेकिन बहुत औषधीय गुण रखता है यू का मेंबर है इसको यू फोरबिया टीथीमोलॉयड्स के नाम से या पेडिलेंथस टीथीमोलॉइड्स के नाम से आपने जरूर सुना होगा और इसका इस कटिंग के माध्यम से प्रोपोगेशन हो जाता है इसके अंदर लेटेक्स भी होता है इसके विभिन्न प्लांट पार्ट यूज़ किए जाते हैं यह यू नाम के केमिकल कॉन्सेंट होता है जो एमिटिक प्रॉपर्टी रखता है और वॉमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए वॉमिटिंग को कराने के लिए हम इसको देते हैं इसमें ट्राइटरपिन स्टोरॉइड सेपोनिन टैनिन, कुमेरिन पाए जाते हैं और आपने कभी अगर अब हम बात करें इसके औषधीय गुणों की तो यह है पाइल्स की समस्या के निराकरण के लिए एक्सेसिव ब्लीडिंग किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो चाहे वो पाइल्स के कारण हो या पीरियड्स के दौरान हो या कोलाइटिस के कारण हो उसको कम करता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या को निराकरण करता है ज्वाइंट पेन की समस्या हो उसका भी निराकरण करता है किस तरह से इसको लेना है हम इसकी बात करेंगे अगर पायल्स की समस्या है तो इसका जो ये स्टेम आप देख रहे हैं इसका हमें डिकॉक्शन बनाकर सेवन करना चाहिए अगर इंटेस्टल वॉर्म्स की समस्या है तो जो लेटैक्स होता है लेटैक्स का हमें सेवन करना है अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो इसके लीव्स का डिकॉक्शन बनाकर सेवन करना है अगर अस्थमा की समस्या है तो लीव्स के डिकॉक्शन के साथ हमें दो से तीन काली मिर्च लेके उसका डिकॉक्शन बना पीना है स्किन की प्रॉब्लम है तो हमें इसके लेटेक्स को अप्लाई करना है ईयर एग की समस्या हो तो सूरज बनाकर कान में डालना है और अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है या स्नेक बाइट के कारण जो उसका विनम है उसके अगेंस्ट इसके लेटेक्स में पोटेंशियल होता है कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है क्यों किस कारण से न्यूट्रलाइज कर देता होगा इसके अंदर जो लेटेक्स होता है उसमें स्टिग्मा बीटा बीटासीटोसिटरोल पाए जाते हैं जो स्नेक के विनम को स्नेक के जहर को न्यूट्रलाइज़ करने की भी क्षमता रखते हैं इस कारण से यह स्नै के पॉइजन की भी एक अच्छी दवा है एक्सटर्नली इसको अप्लाई करना है स्नेक विनम को ये न्यूट्रलाइज आसानी से कर देता है ध्यान ये रखना है कि प्रेग्नेंट वीमन इसका सेवन ना करें यह मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखता है लेने से अबोर्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं अबोर्टिव नेचर है इसका और अगर घुटनों के दर्द की समस्या हो तो इसका हमें पत्ते लेकर कैस्टर जो अरंड होता है उसके पत्ते लेकर दोनों को मिलाकर तिल के तेल को सिद्ध कर लेना चाहिए और तिल को तेल को सिद्ध कर कर, कर ज्वाइंट पेन में मालिश करनी चाहिए बहुत साधारण और सिंपल सा ये इलाज है ज्वाइंट पेन का आप इसको कर सकते हैं सेफ्ट यही रखें ज़्यादा मात्रा में डोज ना लें अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो ज़्यादा मात्रा में ना लें प्रेग्नेंट वुमेन बिल्कुल भी ना लें लेक्टेटिंग मदर्स इसका सेवन ना करें बाकी कर सकते हैं सेफ है ज़्यादा मात्रा में लेना टॉक्सिक हो सकता है फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार